मैं भी तुम्हें सोचता हूँ पैसे लौटा दो कितना पैसा होता है तुम्हारा मैं तुम्हें देना है पक्का पैसे लुटाएंगे आप मेरे कच्चा पैसे कैसे लौटाते हैं भाई पक्का <laughs> <laughs> तो लौटाएंगे